सम्मानित दर्शकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल अष्ट्रोबीदाशीष पे 8 जनवरी 2020 का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों में क्या कुछ खुशियाँ लेकर के आया है आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग क्या हो सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सभी लोगों के लिए वार्षिक राशिफल दो हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है प्रेम राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है फाइनेंस आर्थिक वित्त राशिफल हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं इससे संबंधित उपायों को कर सकते हैं तो दर्शकों आठ जनवरी 2020 आज जो है पंचांग क्या कहता है विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर तक संबत्त उन्नीस पौष मास चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः सात बजे सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर चौबीस मिनट पर वार रहेगा बुधवार तिथि जो रहेगी ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी त्रियोदशी तिथि के बारे में हमने देखिए आपको बताया था कि त्रयोदशी को बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वैवर्ष पुराण में मनाही है कि बैगन आपको कदापि नहीं खाना चाहिए वहीं नक्षत्र की यदि हम बात करें तो रोहड़ी और मृक्षिरा जो है नक्षत्र रहेंगे साथ ही साथ करण रहेगा कौल इसके बाद तैतिल करण रहेगा योग रहेगा शुक्ल इसके बाद ब्रह्म योग रहेगा शुभ काल पर आ जाते हैं किन जो है समयों में आज आठ तारीख को आप लोग अपने कार्यों को करें कि आपको सफलता प्राप्त हो तो बारह बजकर चौबीस मिनट से चौंतीस मिनट से लेकर के चौदह बजकर बारह मिनट तक का जो समय रहेगा ये शुभ कार्यों के लिए रहेगा अशुभ कार्यों के लिए जो आज समय रहेगा यमगंड काल सुबह आठ बजकर अट्ठारह मिनट से नौ मिनट तक रहेगा इस पीरियड में आपको बचना रहेगा वहीं बारह मिनट से लेकर के एक दोपहर तक राहुकाल रहेगा तो राहुकाल में भी शुभ कार्यों की मनाही रहेगी चंद्रदेव का जो चलायमान रहेगा ये वृषभ राशि अपनी उच्च राशि में इनका चलायमान रहेगा सूर्य देव जो रहेंगे ये धनु राशि में चलायमान है बुधवार दिन और दिशाशूल की बात ना करें ऐसा कहा हो सकता है तो उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा में यात्रा करने से आपको बचना रहेगा अगर यात्रा करनी पड़ जाए तो कोशिश आपको ये करना होगा कि आप इलायची का सेवन कर लीजिए आप पिस्ते का सेवन कर लीजिए फिर यात्रा करें तो बेहतर रहेगा और पहले दक्षिण दिशा की ओर आप चार पग चलेंगे तब आप लोग यात्रा करेंगे तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग और लखनऊ क्षेत्र को मानक मान कर के पंचांग बनाया गया है अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज आपका दिन बेहतर रहेगा आज आप लोग नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे आज आप जिन कामों को करने के बारे में सोचेंगे उसमें आपको काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा फायदा हो सकता है जिंदगी के प्रति अपने नजरियों को सकारात्मक पाएंगे चाहे वो परिवार के प्रति हो काम के प्रति हो या प्रेम संबंधित मामलों में ही क्यों ना हो लवमेट के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है आज शाम जो है आप लोग किसी विवाह के जो है फंक्शन में सम्मिलित हो सकते हैं किसी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग गणपतिथर सीट्स का पाठ करिए उसके बाद ही कुछ कार्य की शुरुआत करिए तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी शुभ कलर हरा रहेगा शुभ अंक तीन रहेगा वृषभ राशि टॉरस आज भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा ऑफिस में अपनी प्रगति के बारे में आज आप लोग कुछ प्लानिंग बनाएंगे कुछ विचार करेंगे आगे बढ़ने के लिए आज आप लोग कुछ नया करेंगे कुछ नया सीखेंगे जो लोग वृषभ राशि के हैं और इन्फॉर्मेशन फील्ड से हैं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे आपको सहकर्मियों हो का सहयोग प्राप्त होगा जो आपको सफलता के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज सफेद तिलों का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन जैविनी जी हाँ मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन बढ़िया बीतेगा दोपहर तक आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है कोई नई नौकरी कोई नए रोजगार का आज आपको सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी प्रतिभा मान सम्मान बढ़ाने में आज कारगर साबित हो सकती है आज आपको कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं मिथुन राशि के जातको जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इन्हें आज कोई नई खोज या कोई नया लेख वगैरह कोई नया आर्टिकल वगैरह मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा और लिखते हुए आप लोग दिखाई पड़ कारोबार में आज काफ़ी फायदा होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणेश जी को एक मीठा पान आपको अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आपके लिए हरा और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा छः वही कर्क राशि के जात कैंसर आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कारोबार में अचानक कोई रुकावट आ सकती है आज आप लोगों को अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान देना है जैसे कि मोबाइल हो गया लैपटॉप हो गया कंप्यूटर हो गया वाहन हो गया अन्यथा चोरी हो सकता है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आज बना रहेगा कोई बहुत बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा सा वेट करिएगा उसके बाद फैसला करिएगा कुछ मामले उलझ सकते हैं आज कोर्ट कचहरी के मामले में भी आज आपको थोड़ा सा मायूसी देखने को मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाइए और ओम गंग गणपत नमा का एक सौ आठ बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक लियो सिंह राशि आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा सोचे हुए काम को पूरा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी कोई काम किसी पर पूरी तरीके से डिपेंड होकर ना करें तो ही अच्छा रहेगा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है रोज़मर्रा के कामों को निपटाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं विकलांगों को भोजन कराएं और कुछ मीठा उनको खाने के दें तो इससे आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन नई सौगात लेकर के आया है कैरियर संबंधी कोई सुख समाचार प्राप्त होगा जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा सेहत आज फिट रहेगी मन में पैसों को लेकर के कई तरीके के आज आपके मन में विचार आएंगे जीवन साथी के साथ आज घूमने फिरने के लिए समय बेहतर रहेगा यात्रा का कोई कार्यक्रम आज आप लोग बना सकते हैं आज आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है कोई नए वाहन की प्राप्ति संभव है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज रोटी में बताशे रख करके आपको गाय को खिलाना रहेगा साथ ही साथ ओम गंगा गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः लिब्रा तुला राशि आज आपका दिन खर्चीला रहने वाला है जरूरत से अधिक चीजों की शॉपिंग आज आप लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे बेहतर होगा आज अपने सामानों की लिस्ट बनाकर बाजार जाए आज छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जा करके वो किसी रिजल्ट जो है पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी नए कॉलेज में आज आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए भागदौड़ और मशक्कत करनी पड़ सकती है लेकिन आज आपको पैसों की कमी नहीं महसूस होगी धन का अचानक से आपके पास जो है फ्लो बना रहेगा कोई सहकर्मी आज उच्चाधिकारियों से आपकी शिकायत कर सकता है बातचीत में आप लोगों को सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपकी कुल मिला करके समस्याएँ दूर होंगी लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आज गणेश जी को गुलाब के फूल की माला आपको अर्पित करना रहेगा और एक मीठा पान चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक रहेगा तीन <coughs> स्कॉर्पियो जी हाँ वृश्चिक राशि लेकिन फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और जय श्री राम का कमेंट जरूर कीजिए वृश्चिक राशि के जात आज आपका दिन अच्छा रहेगा ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज आपको मदद मिल सकती है कार्य में तरक्की होनी बिल्कुल तय है महिलाएं आज आप जो है अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करती हुई दिखाई पड़ रहे शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करेंगी महंगे मोबाइल महंगे जो है सेलफोन या महंगे कपड़े में जो है ये आज आपका पैसा खर्च करेंगी आज कोई नए वाहन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही कई तरीके के रोचक विचार और योजनाएं आज, आज आप लोग बना सकते हैं आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई मौके मिलेंगे और आज के दिन कोई नई नौकरी कोई नए रोजगार का सृजन हो सकता है कोर्ट कचहरी के भी मामले में आज आपको सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करें सभी मनोकामना आपकी वही सिद्ध करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक रहेगा एक सेजिटेरियस जी हाँ, धनु राशि के जातकों तो आज आपका दिन सुनहरे पल लेकर के आया है आप जीवन साथी को को कोई अच्छा सा सरप्राइज देने की योजना बना सकते हैं आज रिश्तों में मधुरता आएगी आज, आज आप खुद को साबित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आ, और कई हद तक की आप इसमें आज, आज आप लोग सफल हो जाएंगे उच्चाधिकारियों के साथ बात व्यवहार आज, आज आपका अच्छा रहेगा और आज, आज आपको कोई एक्स्ट्रा जो है चार्ज वगैरह या एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है आज धन के मामलों के लिए अच्छा दिन जो है रहने वाला है जो लोग निवेश करना चाहते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इनको पैसों से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी संतान आज आपको कोई अचीवमेंट दिलाते हुए दिखाई पड़ रहे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज केसर का सेवन आप लोग करिए साथ ही साथ आज गणेश जी को आप लोग जो है मोदक का भोग लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ कैप्टी कौन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा कामकाज में ज़्यादा मेहनत के बावजूद कुछ कम सफलता आज, आज आपको मिल सकती है लेकिन व्यापार में लाभ के योग भी बन रहे हैं आज मित्रों से आपको कोई मदद मिल सकती है किसी काम के लिए जितनी ज़्यादा आज आप लोग कोशिश करेंगे आपको उतनी ही परेशानी महसूस हो सकती है आज, आज आपके काम कुछ समय के लिए अटक सकते हैं ऑफिस में काम का लोड बढ़ सकता है आज आपके जो काम में चली आ रही रुकावटें हैं ये शाम तक की दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है भैरव मंदिर में जाइए दूध तो का दान करिए शुभ कलर रहेगा वाइट और शुभ अंग रहेगा दो एक्वायर्स कुंभ राशि आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा अपने बिजनेस में नए प्रयोग करने में आज आप लोग सफल होंगे आज आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी पहले किए कामों से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे अधिकारी वर्ग आपकी काम की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे पार्टनर के साथ आज आप लोग थोड़े से रोमांटिक हो सकते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आज आपके पूरे होंगे लेकिन यदि आज आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करने जा रहे हैं तो उस दस्तावेज को अच्छे से पढ़ ले तो बेहतर रहेगा विकलांगों को और जरूरतमंदों को आज आप लोग पका हुआ भोजन कराइए सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार अंतिम राशि पर बढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जात आज आपका दिन बढ़िया रहेगा दांपत्य संबंधों में नई ताजगी आप लोग महसूस करेंगे निवेश लाभदायक सिद्ध होगा आज आपकी कोशिशें पूरी रहेंगी हो सकती हैं आज आप नए लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और कोई बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज आप लोग काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो भविष्य में फ्यूचर में आपको कोई बहुत बड़ा लाभ कराएगी आज के दिन आप लोगों को यात्राओं यात्राओं को करने से बचना होगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा साथ ही साथ यदि कोर्ट कचहरी संबंधी किसी मामले में आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा एक हल्दी की गाठ आप लोगों को जेब में रख के जानी रहेगी इसके साथ साथ आज आप लोग कोई शोध करते हुए नजर आएंगे स्टूडेंट्स uh, के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे साथ ही साथ कहीं दूसरी जगह पर ये दाखिला लेना चाहते हैं तो उसमें भी इनका प्रवेश हो सकता है विदेशों से शुभ समाचार की प्राप्ति मीन राशि के जातकों को होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ आज आप लोग पीले चंदन का तिलक जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः वार्षिक राशिफल आप लोग जा करके देख सकते हैं अपना फल, अपना प्रेम फल, अपना अपना अपना अपना राशिफल राशिफल राशिफल प्रेम आर्थिक सब कुछ इस चैनल पर पड़ा है बस आपको जा करके देखने की आवश्यकता है नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में मना बेलाइकन भी दबाइए दीजिए इजाजत तो मिलकर अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार